मैं नीति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल स्टोरी नीति में और आशा करती हूं कि आप सब जहां होंगे स्वस्थ होंगे सुरक्षित होंगे तो आज की कहानी जो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं उसका नाम है पति वशीकरण मंत्र आइए तो सुनते हैं इस कहानी को मेरे साथ यानी आपके अपनी नीति के साथ कमला हमेशा औरतों की गपशप का हिस्सा हुआ करती थी चाहे किटी पार्टी हो या चाहे कीर्तन जहां भी चार औरतें बात करतीं, मुद्दा तो बस कमला ही होती थी दरअसल कमला अपने पति की बहुत चहेती थी कमला का पति उसे सच में बहुत ही प्यार करता था और इसी के चलते वो कमला की हर बात को बिना किसी नानु करके ही मान जाता था कमला का पति ऐसा कोई भी काम नहीं करता था जो कमला को पसंद ना होता हमेशा कमला के कहे अनुसार मोहल्लेदारी और रिश्तेदारी निभाता किसके यहाँ क्या देना है और कितना देना है हर बात में कमला की मंजूरी जरूरी होती थी शादी को इतना वक्त हो जाने के बाद भी आज तक किसी ने कमला के घर से तूतू तू महमे की आवाज़ नहीं सुनी थी और यही एक वजह थी कि जिसके चलते मोहल्ले और रिश्तेदारों में कमला ही बात का विषय होती थी और तोर और इसकी वजह से औरतें कमला से जलती भी थीं औरतों की इस महफिल में कभी कोई कहती अरे इसका पति तो जोरों का गुलाम है तो कोई कहता अरे गुलाम ऊलाम तो कुछ नहीं ये तो बेचारा डरता है कमला ने अपने पति को अच्छे से दबा कर रखा है और तभी किसी महिला की आवाज़ आती कि अरे देखने में कितनी सीधी लगती है लेकिन मैं तो कहती हूँ जरूर कोई काला जादू जानती है जो पति को वश में कर रखा है अब इसीलिए तो बेचारे को चू तक नहीं करने देती इन्हीं औरतों की मंडली में करुणा भी रोज कमला के बारे में सुना करती थी एक दिन करुणा ने उन औरतों से पूछ लिया कि आखिर ये वशीकरण होता कैसे है सभी औरतें करुणा की ओर से निहारने लगी क्योंकि आज से पहले कभी किसी ने करुणा को ऐसी बात करते नहीं सुना था वो बस दूसरी औरतों को ध्यान से सुनती रहती करुणा के ऐसा पूछने पर बाकी औरतों ने कहा कि अरे तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई वशीकरण करने की वैसे तो सबको पता था कि रोज रात इनके घर से आपस में बर्तन टकराने की आवाजें आती थी लेकिन फिर भी सब करुणा के मुंह से सच्चाई सुनना चाहती थी लोगों को अक्सर दूसरे के घरों में होने वाले कलेश को सुनने में मजा आता है लेकिन करुणा ने अपनी चुप्पी बनाई रखी फिर उनमें से एक महिला ने करुणा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यह वशीकरण तो कोई बाबा ही बता सकता है भाई अब करुणा हमें तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी अपने पति पर वशीकरण करने की और किसी दूसरे को वशीकरण करें अब ऐसी उम्र तो रह नहीं गई है लेकिन तुम ये तो बताओ कि आखिर किस मुर्गे को तुम अपने हुसन के जादू से वश में करना चाहती हो इस बात को सुनकर करुणा का चेहरा शर्म से लाल हो गया करुणा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी लेकिन करुणा ने अभी भी अपनी चुप्पी बनाए रखी दरअसल करुणा की शादी को 10 साल होने को थे लेकिन उसके पति ने आज तक कभी उसके साथ प्यार से बात नहीं की थी प्यार तो दूर की बात उल्टा उसके पति रोज उसे छोटी छोटी बात पर पिटाई करता था ऐसा नहीं कि करुणा का पति शराब के नशे में करुणा को मारता था ना जाने किस बात का गुस्सा था उसके पति के मन में कि जिसे लेकर वह करुणा पर आए दिन जुलम करता था करुणा की हालत उस पिंजरे में बंद पक्षी की तरह हो गई थी जिसके पर तो थे लेकिन वो कभी उन्हें खुले आसमान में फैला नहीं सकता था बिल्कुल इसी तरह करुणा भी ना इस बात को किसी को बता सकती थी और ना ही अपने पति को छोड़कर अपने मायके जा सकती थी मायका तो बस नाम का था क्योंकि मायके में न माँ थी और ना बाप कहने को एक भाभी थी जो अपनी कम और बेगा ज़्यादा थी और भाई था कि करुणा की गरीबी के चलते करुणा से दूर ही रहता था करुणा फिर भी अपने पति में ही अपनी दुनिया देखती थी और वो चाहती थी कि जैसे दूसरी औरतों के पति अपने पत्नी से प्रेम करते हैं करुणा का पति भी उसे वैसे ही प्यार से अपने पास रखे इसी के चलते आज करुणा ने वशीकरण की बात कह डाली इस बात के कुछ दिन बाद तक भी जब करुणा को कोई हल नहीं मिला तो एक दिन अखबार में आए इश्तहार को देखकर जिसमें लिखा था कि वशीकरण में माहिर बाबा मन चाहे मुराद पूरी करें वो उन बाबा के पास चली गई बाबा वशीकरण मंत्र बतलाने को तो तैयार भी हो गए थे पर उस वशीकरण मंत्र की जो फीस बाबा ने मांगी उसे सुनकर करुणा के होश रफ्ता हो गए करुणा फीस के दस हजार रुपये से लेकर आती उसका पति जो भी कमाई करता उसका अधिकतर हिस्सा बाहर औरतों पर उड़ा देता और जब करुणा कुछ बोलती तो करुणा को मारता बाबा से मिलकर और उनकी वशीकरण की गारंटी वाली बात सुनकर करुणा के मन में जो एक आशा की किरण जागी थी वो भी जाती रही करुणा ने फैसला कर लिया था कि वो अपने इस दुख भरे जीवन को समाप्त कर देगी आत्महत्या करने के इरादे से करुणा ने अभी घर से कदम बाहर निकाला ही था कि अचानक करुणा को कमला का ख्याल आया करुणा ने सोचा कि अगर मैं कमला बहन के पैर गिर जाऊं तो यकीनन कमला मुझे तो वशीकरण मंत्र बता देगी बस इसी इरादे से करुणा ने अपना रास्ता बदल लिया और कमला के घर की ओर रवाना हो गई कमला के घर के बाहर पहुंचकर करुणा ने आवाज देते हुए कहा बहन कमला अरे ओ बहन कमला आवाज सुनकर कमला ने घर, घर से भीतर से पूछा कौन है अरे बहन कमला मैं हूँ करुणा करुणा ने भी बाहर से आवाज़ देते हुए जवाब दिया करुणा का नाम सुनकर कमला ने कहा अरे करुणा करुणा ने देखा कि कमला का पूरा कुर्ता पसीने से भीगा है और उसी गर्मी में रसोई में खाना बना रही है रसोई से खाने की बहुत अच्छी महक आ रही थी कमला ने करुणा को बैठने का इशारा किया तो करुणा वही रसोई के सामने लगी कुर्सी पर बैठ गई कमला पानी का गिलास ले देकर और फैन का स्विच ऑन करके फिर से रसोई में चली गई और फिर खाना बनाने में लग गई वही दूसरी ओर करुणा को बैठे बैठे 20 मिनट हो गए लेकिन कमला का, का काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था करुणा ने मन ही मन में सोचा सब सही ही कहते हैं दुष्ट है तभी तो इतना घमंड दिखा रही है अरे हमारे घर कोई आए तो पहले उससे हम मुलाकात करेंगे ये काम दिन भर चलता रहेगा लेकिन यहाँ तो सब उल्टा है चलो मुझसे क्या अब ज़रूरत पड़ने पर तो इंसान गधे को भी पाप बना लेता है तो मुझे तो बस कुछ देर इंतजार ही करना है अब आई हूँ तो वशीकरण मंत्र पता करके ही जाऊँगी करना ये सब सोच ही रही थी कि तभी कमला रसोई से करुणा के लिए चाय और नाश्ता लेकर बाहर आ गई अब करुणा को लगने लगा कि वो बेकार में ही चाय आ, क्या क्या सोच रही थी दोनों औरतें साथ बैठकर चाय पीने लगी तो कमला ने करुणा का घर का हालचाल और आने का कारण पूछा उत्तर में करुणा ने पूरी बात जैसी की तैसी बता दी बताते बताते करुणा की आंखों में आंसू आ गए थे करुणा ने हाथ जोड़ते हुए कमला से वो वशीकरण मंत्र पूछा जिससे कमला ने अपने पति को वश में कर रखा है कमला एक पल को करुणा के दुख से दुखी हो गई थी लेकिन जैसे ही उसने वशीकरण मंत्र की बात सुनी उससे अपनी हंसी रोकी ना गई और कमला जोर जोर से हंसने लगी करना को लगा कि कमला हंसकर उसका मजाक बना रही है और हो ना हो बिना नगद लिए मंत्र नहीं बताने वाली है शायद इसीलिए कमला उसकी बात को हंसी में उड़ा रही है कमला ने हंसी रोकते हुए करना का हाथ पकड़ा और उसको अपने साथ लेकर रसोई में ले गई और रसोई की ओर दिखाते हुए कहा देखो दीदी मैंने आपको इतनी देर तक इंतज़ार इसलिए करवाया क्योंकि मैं रोज़ अपने पति के आने से पहले पूरा नाश्ता तैयार कर देती हूँ ताकि जब वो आएं तो उन्हें खाने के लिए इंतज़ार न करना पड़े और मेरे पास भी वक्त रहे कि जब मेरे पति आए तो मैं उनके साथ बैठकर बातें कर, बाते कर सकूं। फिर कमला करुणा को लेकर दर्पण के सामने ले गई और कहा देखो दीदी मेरी हालत को देखो मैंने अपने चेहरे पर क्या कोई मेकअप किया है नहीं ना बस इस सिंदूर के अलावा मैंने कुछ और भी नहीं किया क्योंकि कुछ नहीं लगाया क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेरा काम मेरा समर्पण ही मेरा सौंदर्य है मेरे काम से ही मेरे पति की जरूरतें पूरी होंगी दीदी वशीकरण मंत्र नाम की कोई चीज नहीं होती ये टीवी अखबार में आने वाले बाबाओं के प्रचार केवल एक धोखा मात्र हैं इनके झांसे में आए तो कलेश कम होने की जगह और बढ़ेंगे बैठने को क्या मैं भी बाकी औरतों की तरह मंडली में नहीं बैठ सकती हूँ लेकिन तब मेरे घर से भी रोज़ तो तू, -तू मैमे की आवाज़ें सुनाई देने लग जाएंगी हो सकता है कि मेरे पति भी बाकी मर्दों की तरह मुझे मारे भी अब इन सब बातों का क्या कोई फ़ायदा होगा नहीं बस इसीलिए मेरे घर में शांति रहती है क्योंकि मैं अपने पति को कभी भी नाराज़ होने का मौका ही नहीं देती यही सब है वशीकरण मंत्र फिर भी आ गई हो तो एक मंत्र दे ही देती हूँ करुणा दीदी हर मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है अब आपको ये फैसला करना है कि कैसे आपको अपने पति के दिल तक का रास्ता बनाना है कमला की बात सुनकर करुणा भी अपने पति की पसंद नापसंद का ध्यान रखने लगी और कुछ ही दिनों में करुणा के घर से लड़ाई की आवाजें आने बंद हो गई अब करुणा के पति भी बिना करुणा से पूछे कोई काम नहीं करते मोहल्ले की औरतों में अब खबर है कि करुणा ने कमला से वही वशीकरण मंच सीखा है जिसे उन दोनों ने अपने पति को वश में कर रखा है समाप्त कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और कहानी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मुझे स्पॉटिफाई पे, अमेजॉन पे गूगल पे जाके फॉलो करें वहाँ पर भी मेरी कहानियाँ बिना ऐड के चलेंगी बहुत अच्छी कहानियाँ हैं तो और ऐसे ही प्यार बनाए रखें ताकि मैं ऐसे ही आप सबके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँ धन्यवाद मिलते हैं नई कहानी में नई वीडियो के साथ तब तक के लिए सबको नमस्ते सबको प्रणाम